अब देखिए ना बच्चा करे तो क्या करे बाबर याद करके जाओ एग्जाम में हुमायूं आया हुआ है हुमायूं याद करके जाओ एग्जाम में अकबर आया हुआ है और अगर बाबर अकबर हुमायूं सब याद करके जाओ तो पता चला कि इस बार एग्जाम में रजिया सुल्तान तलवार लेके खड़ी है अब बच्चा सोचता है कि चलो सला पूरा इतिहास याद करके जाएंगे कहां से पूछेगा अब इसकी माँ का क्वेश्चन बनाने वाला सलाह उससे भी आगे अब इस बार पूछ देगा की चलो बेटा बताओ प्रधानमंत्री कहाँ गए थे अरे सलाह साफ बोल दो कि नौकरी नहीं देंगे बार-बार एग्जाम लेने का, का कर रहे हो तुम? तुम्हारे इसी चक्कर में बाप को लगता है कि हम पढ़ते ही नहीं है अरे कितना पढ़े कितना सलाह इतना पढ़ लिए कि खुद का किताब लिख सकते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है एकदम कंप्यूटर समझ कर रखा है हमारा कुछ अब पूछ देगा ज्यादा दिमाग गर्म हुआ तब रिफॉर्मे भरला छोड़ देंगे